फिर से स्वागत है एक फ्लूड क्या है अब हम समझते हैं अब हमें यह समझना है कि शुद्ध फ्लूइड और अशुद्ध फ्लूड क्या है क्योंकि अगर हमें फ्लूड्स के बारे में पढ़ना है तो हम शुद्ध फ्लूड्स के बारे में सीखेंगे और अब हम शुद्ध और अशुद्ध फ्लूड के अंतर या परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं जब हम एक शुद्ध फ्लूड को परिभाषित करते हैं हम उसे एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन के रूप में परिभाषित करते हैं इसे हम शुद्ध फ्लूड कहते हैं उदाहरण के लिए पानी पानी लिक्विड अवस्था में हम इसको शुद्ध फ्लूड कहेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन H2O है या हवा जो कई गैसों का मिश्रण है लेकिन अभी भी मैं इसे एक शुद्ध फ्लूड मानता हूं उदाहरण गैसी हवा या लिक्विड हवा हम जानते हैं कि हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है हमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है वाटर वेपर हाइड्रोजन कुछ प्रतिशत में हो सकता है माना यह कई गैसों का मिश्रण है हम इसे सिंगल अवस्था के शुद्ध फ्लूड के रूप में पहचानेंगे उदाहरण के लिए मेरे पास गैसी हवा है इसे मैं शुद्ध फ्लूड कहूंगा अगर यह लिक्विड हवा है फिर भी मैं इसे शुद्ध फ्लूड कहूँगा अतः पानी और हवा सिंगल फेज में है मैं उन्हें शुद्ध फ्लूड कहूंगा पदार्थ की परिभाषा फिक्स केमिकल कंपोजिशन के अनुसार मैं उसे शुद्ध फ्लूड कहूंगा इस परिभाषा के अनुसार मैं पानी को लिक्विड फॉर्म या सिंगल फॉर्म और हवा को शुद्ध फ्लूड कहूंगा प्रश्न यह है कि टू फेज मिक्सचर क्या है यदि मुझे पानी का टू फेज मिश्रण मिला है इसका अर्थ है कि दो अलग अलग फेज एक साथ है एक साथ मिले जो इसे टू फेज मिश्रण बनाता है यह टू फेज मिश्रण में शुद्ध फ्लुइड कहने के लिए योग्य है चलिए देखते हैं अतः पानी और वाटर वेपर का मिश्रण शुद्ध सब्सटेंस है लेकिन लिक्विड और गैसी हवा का मिश्रण नहीं है यदि मेरे पास पानी लिक्विड और वेपर हैं, जो कि एक साथ टू फेज मिश्रण है मैं अभी भी इसे शुद्ध फ्लूड कहूंगा जबकि अगर मेरे पास लिक्विड हवा और गैसी हवा का मिश्रण है तो मैं उसे अशुद्ध फ्लूड कहूंगा इसका कारण क्या है लिक्विड के मिश्रण और जल के वेपर में महत्वपूर्ण अंतर क्या है लिक्विड हवा और गैसी के मिश्रण के विरुद्ध एक साथ हवा या हवा के टू फेज मिश्रण क्यों एक अशुद्ध है और क्यों एक शुद्ध है शुद्ध मिश्रण की परिभाषा जो हमने पहले ही परिभाषित किया है वास्तव में हमारी मदद में आ रहा है तो क्या भिन्न है केमिकल कंपोजिशन पानी का केमिकल कंपोजिशन दोनों फेजेस में समान है लिक्विड वेपर या यहां तक कि सॉलिड ये तीन फेजेस वास्तव में एच टूओ क्योंकि केमिकल कंपोजिशन अवशेष हमेशा समान रहता है क्या ये हवा के टू फेज मिश्रण के लिए समान होंगे यदि मेरे पास गैसी हवा या लिक्विड हवा है तो गैसी हवा का केमिकल कंपोजिशन लिक्विड हवा के केमिकल कंपोजिशन से अलग होगा और क्यों हम इसे अशुद्ध मिश्रण कहते हैं तो गैसी हवा और लिक्विड हवा के मिश्रण का केमिकल कम्पोजिशन समान नहीं है उदाहरण के लिए यदि मैं गैसीय फेज से शुरू कर रहा हूं, हवा की 100 प्रतिशत गैसीय फेज और हवा का तापमान कम करते जाएं, उच्च बॉयलिंग कंपोनेंट पहले संघनित होंगे और हायर बॉइलिंग कंपोनेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड अधिक एकाग्र हो जाएगा और कम बॉयलिंग कंपोनेंट जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसीय पेज में रहेगा इसका अर्थ है कि गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अधिक होगा जबकि लिक्विड जैसे CO2 का हायर बॉइलिंग कंपोनेंट अधिक होगा इसका अर्थ है कि लिक्विड की रासायनिक संरचना गैस की रासायनिक संरचना से अलग होने वाली है इसलिए मैं कहूँगा कि इस लिक्विड हवा और गैसी हवा के मिश्रण की रासायनिक संरचना समान नहीं रहेगी गैस की रासायनिक संरचना अलग रहेगी लिक्विड हवा की रासायनिक संरचना अलग रहेगी जिस कारण यह मिश्रण अशुद्ध फ्लुइड हो जाएगा इसी परिभाषा के कारण गैसी हवा और लिक्विड हवा शुद्ध फ्लूइड नहीं कहलाए जाएंगे अर्थात अगर मुझे शुद्ध फ्लूड को पढ़ना है तो इस तरह टू फेज मिश्रण शुद्ध फ्लूइड कहलाने योग्य नहीं होगा जबकि पानी के लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए तो अगर मुझे फ्लूइड को पढ़ना है तो मैं शुद्ध फ्लूड पढ़ना चाहूंगा और जब मैं शुद्ध फ्लूइड कहता हूं मैं पानी की ओर संकेत करना चाहूंगा और फिर से टू फेजेस में जहाँ वेपर और लिक्विड एक साथ हैं यह भी उसी केस में शुद्ध फ्लूड निर्मित करेगा तो रासायनिक संरचना लिक्विड के टू फेज मिश्रण मूल रूप से एक ही संरचना के हैं या नहीं तय करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो अब मैं जब हवा कहता हूँ मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि हवा का सिंगल फेज शुद्ध फ्लूड है जबकि सिंगल फेज टू फेज पानी के थ्री फेज शुद्ध फ्लूड हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि टू फेज और थ्री फेज हवा के लिए एक शुद्ध फ्लूड का गठन नहीं है यह एक अशुद्ध फ्लूड हो जाएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर चित्रों की सहायता से दिखाया गया है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं यदि पानी सिंगल फेज टू फेज या थ्री फेज हो तो हम उसे हमेशा शुद्ध फ्लूड कहेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है पानी को शुद्ध फ्लूड के रूप में लेना चाहे यह सिंगल फेज टू फेज या थ्री फेज हो मुझे इसकी परवाह नहीं मैं हर समय शुद्ध फ्लूड अध्ययन कर रहा हूं धन्यवाद